तो ये बात है तब कि जब मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा होता हूँ हमारी जो एसएमपी है है वो बन चुकी है। तो मैं फटाफट से फायर को एस एम पी था मक्का एस एम पी वो कल आने वाला था बट अभी वो ऑनलाइन है क्या करना चाहिए बट जाएंगे मुझे लग रहा है अरे अभी तो कोई होएगा ही नहीं ना देखते हैं एक बार अगर किसी ने देख लिया तो भाई लग जायेंगे आजा आजा हाँ, फटाफट से सारा का सारा ग्राइंडिंग करने का सोच लेते हैं और हमने सोचा की हम सबसे पहली ऐसी टीम बन जो की सर्वर का सबसे स्ट्रॉगेस्ट टीम होने वाला है भाई अगर कोई आया ना सर्वर में तो भाई मजे बिगड़ जाएंगे बता रहा हूँ अभी तो अपन दोनों ही हैं। हैं हैं। ऐसा मैं मैं सोच रहा ना ना कि अपने डायमंड बना के कर कर तो क्या बोलता है? आ, थोड़ा सा पहले तैयारी लेते मजा आएगा। जब बंदे नए ज्वाइन होंगे उनको पेड़ देने वाला। ओके, तो चल फिर सामने पेड़ दिख रहे हैं है। आइज़ अभी इशू तो दूर चला गया है एंड मुझे इधर दिखता है एक रोइन पोर्टल चलो गाइस अभी इशू को तो मालूम नहीं चलेगा बट चलो जल्दी से लूट लेता हूँ रोइन पोटल और वी में भी नहीं हो चलो फटाफट से गाइस अब मैं ये रूइ पोटल लूटने के बाद तो मैं सोच रहा हूँ फटाफट से पेड़ काटूँगा एंड उससे पूछूँगा कि उसने उसको विलेज मिला भी कि नहीं मिला या फिर अभी तक विलेज मिल रहा ओके तो गाइज़ उसके अंदर ओके लो इधर एक चट्डी है बट करश और लगा है एंड एक स्वाड है और एक ये है और एक लूटिंग टूकी है एक शवल भी है टच की चलो गई जितनी चीज़ें तो भाई काम आ ही जाएंगे अपने एंड फटाफट से मुझे जाना पड़ेगा बट सबसे पहले इधर कहीं मैं देख लेता हूँ अगर कुछ मिल जाता है तो मेरा बहुत ही अच्छा काम बन जाएगा बट उससे पहले देखो ऐसा भी बहुत सारे पेड़ हैं अगर बाई बकरी की आवाज़ आइए कहाँ है बकरी ओके बट ब्लैक वाली है यार भक्ति बहुत है भाई वो लेट्स गो सामने की साइड एक विलेज है आई थिंक सो इशी में गया होगा मुझे लगता है फटाफट से जाना चाहिए तो तो तो अचानक से से गायब हो जाता जाता है है और और वो खो जाता है, तो मैं जो इसको से मैं फटाफट कोऑर्डिनेट देके अपने विलेज विलेज पे बुला लेता हूं। और फिर हम स्टार्ट कर देते हैं हमारी रियल ग्राइंडिंग अरे सुनो मुझे विलेज ही नहीं नहीं मिल रहा नहीं रहा तुमने बताया अच्छा तुझे टर ओके तो गाइस इशू अभी आया था एंड अभी गेम से लेफ्ट कर दिया है अरे इशू वीसी में है क्या हेलो अरे अरे मेरा गेम क्रैश हो गया जल्दी से आ भाई दिन कर रहा है भाई तेरे को मालूम है ना वैसे भी कितने सारे ज़ॉम्बी आए थे सामने फूड भी पड़ा है फूड भी लेना है अरे तुम कर लो ना अभी के लिए ले लेते लेफ्ट कर देता अभी तक सो गए मस्त दिन हो जाता भाई कसम से वो ये फोन दे बात करा हो गया भाई इतने तो पड़ा मैं चाहता हूं बोलो इधर है इधर है गोलू के बच्चे ओके okay, okay, okay, okay, ओके तो है है है में क्या कर रही थी जल्दी कर ब्रो बस कर ही रहा हूँ खाना मुझे दिख नहीं रहा चाहिए ना तुम अरे तू तु ये लेना खाना दे खाना, खाना, खाना देता हूँ ना लेना खाना कितना चील लेकर जायज कर लेना क्या कर रहा है मैं पेड़ काट रहा हूँ Guys, हमें मालूम चलता है कि हमारे विलेज के जितने भी विलेजर्स सब पहले से ही मरे हुए थे तो मुझे तो लगता है से ने हमारे सारे के सारे के विलेजर्स मार दिए थे। तो हम लोग सोचते हैं कि पहले डायमंड का उनके बता रहा हूँ जल्दी से जाकेलेजर की आवाज आई मुझे ओके okay, उसको क्या मेरे पास वोट है हम ओके ओके जल्दी जल्दी करते हैं ओ लेट्स गो आयरन तो है है अच्छी बड़ी वाली मजे क्या तो बहुत बड़ी, है बहुत बड़ी है। okay, ठीक है लग मैं नीचे नहीं, गिर नहीं गिरे नहीं गिरेगा। बस इतना कर तो कर माइनिंग करते करते पागल हो जाता हूँ और बाद में माइनिंग करते करते मुझे अपनी ठिकाना रहता ही नहीं है एंड मैं जैसे नीचे जाता हूँ तो थोड़े टाइम के बाद मरने वाला होता हूँ जैसे की मुझे ये आयरन मिलता है फिर मैं स्केलेटन के हाथ मरने वाला होता हूँ ओ ए स्केलीटन क्या? मुझे लग रहा है मैंने स्केलीटन स्केलीटन नहीं नहीं मुझे लग रहा है मैं केब के साइड में आ गया कहीं पे ओ भाई कोऑर्डिनेट दे कोऑर्डिनेट दे हाँ। कोऑर्डिनेट ले को मैं देता हूँ कोऑर्डिनेट ले को माइनस का 28 अब क्या लेते हैं उसको 280 और 640 हाँ तो ऊपर लैंड पे आजा ठीक है म� एंड गाइस इसमें मरने के बाद मुझे मालूम नहीं चलता बट इशू को मेरा समान नहीं मिलता है तो फिर मैं फटाफट से उसके पास पहुंच जाता हूं, और मैं थोड़ी सी दूरी पे ही होता हूं, तो फिर उसको जंगल की बायोम भी मिल जाती है और जो कि मुझे यहां से दिख जाती है तो मैंने उसको बोलता हूं, जल्दी से हम जाएंगे फिर जंगल की में जाके बहुत सारा वोट काटेंगे जिससे हम विलेजर से ट्रेड कर पाएंगे फिर देखो इधर आधे दे थैंक थैंक यू यू सामान सामान दे दे दे अगर है तो तेरे आ, तो तेरे पास कुछ मैं ये दे सकता हूं, ये दे सकता सकता क्या मजाक कर भाई मतलब क्या मजाक तो, तो हो चुका है कोई आखिरी ख्वाहिश कोई आखिरी ख्वाहिश मतलब क्या है भाई अपने दोनों टीम है है ब्रो, तो तो तो तो भाई तो है भाई का क्या तो का है का तू अब काम अपने है, से से शांति खेलते हैं फिर देखते अगर तुमने अभी मारा ना तो पछताने वाला है समझ रहा है? है देखो आगे की तो देखी जाएगी, तूने so, yeah. मुझे पर मारा क्यों? भाई ये ये okay. ये गलत गलत बात बात देख. देख मैं बता तुझे. अगर अगर अब तूने मारा तो फिर देख लियो भाई तूने अगर, अगर अब मारा तो देख लियो okay, okay, okay. ओ, okay, क्या? पावरफुल बट मुझे मैं मार ओ ओ भाई इस चीज को देखने के बाद इतना में कि किसी पर भरोसा नहीं कर सकते तो अब मैं इतना तो सोच लिया था कि मैं इस चीजन किसी के साथ नहीं रहने वाला